मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि फिल्म आदि पुरुष से निर्माता निर्देशक ओम राउत ने विवादास्पद दृश्य नहीं हटाए तो उनके खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी मिश्रा ने महाराष्ट्र के कांग्रेस नेता नाना पटोले को भी लंपी वायरस पर बेतुके बयान देने पर चंपी करवाने की सलाह दी है गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने फिल्म आदि पुरुष के ट्रेलर को लेकर कहा की मैंने फिल्म के ट्रेलर को देखा है और जिस तरह से दृश्य इस फिल्म में फिल्माये गए है वह काफी आपत्तिजनक है फिल्म कमांडो से अंग वस्तुओं को लेकर जो दृश्य फिल्माया गया है उसमें चमड़े का प्रयोग दिखाया गया है जबकि स्पष्ट है कि कंचन बरन बिराज सुबे कानन कुंचित कु हाथ बज्र और ध्वजा विराजे, कांधे जनेऊ साजे, हनुमान चालीसा में स्पष्ट लिखा हुआ है और इसीलिए आज मैं फिल्म के निर्माता निर्देशक ओम राउत को पत्र लिखकर कह रहा हूँ कि जो आपत्तिजनक दृश्य है उन्हें हटाया जाए अन्यथा उन पर मामला दर्ज किया जाएगा मैंने उसका टेलर देखा है और सच में उसमें आपत्तिजनक दृश्य है हमारी आस्था के जो केंद्र बिंदु हैं उनको जिस रूप में दिखाया गया है वो अच्छा नहीं है अब हनुमान जी कई अंग वस्त्र जो है चमड़े के उसमें दिखाए गए हैं जबकि हनुमान जी के तो चित्रण में अलग से कहा गया है कानून कुंडल कुंचित केसा हाथ बज और ध्जा विराजे कांधे मुंह जने ऊसाजे उसमें उनकी अंगवस्त्र सब बताए गए हैं उसके बाद में जिस तरह का किया गया है ये आस्था पर कुठारा घात है ये धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाले दृश्य हैं और मैं इसके जो निर्माता हैं ओम रावत जी उनको पत्र लिख रहा हूँ कि इस तरह की जितने भी दृश्य हैं इन्हें वो हटाएं अगर वो नहीं हटाते हैं तो उसके बाद में हम कानूनी कार्रवाई पर विचार करेंगे महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता नाना पटोले ने लंपी वायरस के आने की वजह विदेशों से लाए गए चीतों को बताया है। इस पर गृह मंत्री ने कहा कि उनकी चम्पी होना जरूरी है उनको ज्ञान बढ़ाने की जरूरत है जिन चीतों के रूप में भारतवर्ष का गौरव लौटा है और पूरा देश उत्साहित है बिना जानकारी के कुछ भी बोल रहे हैं ये नाना पटोटे जी के सर की चंपी जरूरी है अब ये चीते से क्या तुलना कर रहे हैं और किस तरह से कुछ तो भी बोल देते हैं थोड़ा ज्ञान का विस्तार करना चाहिए मैं समझता हूँ जिस तरह से ये हमारा भारत का गौरव लौटा चीते के साथ में पूरे देश ने जिसे सराहा अब इन पटोटे जी को समझ ही नहीं आ रहा है अब इनको समझाएगा भी कौन चम्पी नहीं हुई तो कांग्रेस अध्यक्ष पद के दावेदार शशि थरूर ने पहले मल्लिकार्जुन खड़गे को आमने सामने चर्चा करने के लिए बोला और बाद में अपनी बात से पलट गए इस पर गृह मंत्री ने कहा कि सोनिया जी और गांधी परिवार अध्यक्ष पद का चुनाव नहीं करा रहे हैं, बल्कि नूरा कुश्ती करा रहे हैं अध्यक्ष के चुनाव में और जिस तरह दिग्विजय सिंह दौड़ से बाहर हो गए ऐसा न हो आठ तारीख आते आते शशि थारू भी हिट विकेट हो जाए मैंने तो कल ही आपसे कहा था आप यू टर्न देख लो मेरे बात का ये नूरा कु है सोनिया परिवार ये नूरा कुश्ती करा रहा है ये कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव क्या स्टाम्प चाहिए उन्हें पर देखना आठ तारीख तक कहीं ऐसा नहीं हो कि दिग्विजय सिंह जी की तरह थरूर जी आउट हो जाए मैदान से हेडविकेट हो जाए छतरपुर के मंदिर में नेहा द्वारा किए गए डांस पर मिश्रा ने कहा कि मंदिर के परिसर के अंदर जिस तरह के वस्त्र पहनकर उन्होंने डांस किया है वह आपत्तिजनक है इससे पहले भी इस तरह के मामलों में हम आपत्ति दर्ज करा चुके हैं चाहे वह सुटेबल बॉय की बात हो या कोई अन्य मामला छतरपुर एस को नेहा जी के मामले में मामला दर्ज करने के लिए निर्देश दिया गया है देवी मंदिर परिसर में जो वस्त्रोण उन्होंने पहने हैं आदरणीय नेहा जी ने और जिस तरह का दृश्य फिल्मे गए हैं ये आपत्तिजनक है मैं पहले भी इस तरह के जो मंदिरों के अंदर जाके चाहे वो सूटेबल बॉय हो या दूसरे फिल्में हों जो दृश्य मंदिर के अंदर फिल्माए जाते हैं मैंने उस पर आपत्ति की थी और मैंने कहा था कि हम फिर केस रजिस्टर्ड करेंगे इसके बावजूद भी उन्होंने किया है मैंने एसपी छतरपुर को बोला है की इन पर एफ आई आर करे वॉट स्टार्थ ऑपरचुनिटी ग्रुप एवरी रिजल्ट हाई एस्ट पैकेजेस एंड डिलीवरिंग दैन पावर टू द बिगेस्ट कंपनीज इन दर्ल्ड एल एन सी टी ग्रुप चूज द बेस्ट टू बी दिशन कॉल सेवन डबल फोर जीरो